पीछे हो रही जीदी की बहपू जी वो दीदी बैठी गाइस। अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और दिल्ली के सारी रसम हो चुकी है दिल्ली की विदाई होनी बाकी है जो विदाई कराते हैं तो चलते हैं